हमें बात की आरिजन पे जाना चाहिए ये बात क्यों कही गई है न कि सोर्स को के बात किसने कही है तो सोर्स नहीं होना चाहिए आरिजन होना चाहिए के बात की डेप्थ क्या है नहीं के सोर्स हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग आ जाते हैं और वही लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरीके से इंफ्लुंस करे अपने सोच और अपने आइडियाज की वजह से बाजूका हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं उन लोगों पे जो आके हमारे लिए कुछ चूज कर, कर, अच्छा कर लेते हैं हमारे लिए कोई चूज़ कर लेते हैं अच्छा ज़िंदगी में याद कि ये लोग जो आके हमारे लिए कुछ चूज कर लेते हैं कि आप ये काम करें इस रास्ते को इख्तियार करें इस रास्ते पे चले तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे वही लोग हो सकते है की वो काबिल होंगे उनके पास नॉलेज ज्यादा होगी उनके पास प्रैक्टिकल सोलूशन ज्यादा होंगी लेकिन ध्यान से समझ लेना इस बात को के वो इंसान जो आपको पहचानता नहीं जिसने जिसने कभी कभी आपके साथ टाइम नहीं गुजारा, जिसने कभी आपको पहचाना नहीं आपके डिजायर्स को आपके गोल्स को जिसका उसको पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो हमारे लिए फील्ड चूज कर लेता है वो हमें अजीब अजीब के एडवाइसिस देते हैं कि आप इस चीज को चूज करें। अच्छा, तो हमें इन बातों से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ़ और हम रिएक्ट करते हैं उन लोगों पे इसने मेरे बारे में ये बात क्यों कही? तो इसका सलूशन है कि हर वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए हर वक्त किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए हमें फोकस्ड होना चाहिए उन एरिया पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल तो ज्यादा नहीं होंगी जिनके पास डिग्री क्या है इस बंदे की गोल्स क्या है ये बंदा एक्चुअल में क्या करना चाहता है तो फिर अगर वो हमारे लिए कुछ कहे या वो हमारे लिए कोई फील्ड चूज करे या वो आके हमें एडवाइस दे तो हम उसको निगलेट कर लेते हैं क्यों हमारा सोच यही बना होता है कि इस बंदे को किसी चीज की समझ नहीं आती इसके पास तो कुछ है ही नहीं अपने लिए तो ये मेरे लिए क्या कर लेगा नहीं बात सरासर गलत है वो लोग जो आपको पहचानते नहीं जिसने कभी आपके साथ टाइम नहीं गुजारा जिसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया इवन आपको कोई फोन कॉल भी नहीं किया आपका हाल तक नहीं पहुंच पूजा किस तो तरह आपके लिए चूज कर लेता है आपकी जिंदगी आपके, आपके और वो जो हमारे साथ रहते है, जो हमारे नहीं होंगे जो कि प्रोफेसर नहीं होंगे आम टीचर्स होंगे हो सकता है को किसी जॉब पे भी नहीं हो वो सिर्फ हमारे टीचर्स है सिर्फ हमें ही गाइड कर लेते हैं तुम लोगों को समझना चाहिए उनको से उनकी बातों को समझ लेना चाहिए क्योंकि वही लोग हमें चाहते हैं वही लोग होते हैं जो हमें पहचान लेते हैं इसके बरस उन लोगों का जिनका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं पड़ा सीधा निगलेक्ट कर लेना चाहिए उनके पास जाना भी नहीं चाहिए उनको सुनना ही नहीं चाहिए क्योंकि वही लोग हो सकता है आपको गलत डायरेक्शन में गाइड करे हो सकता है और जो चूस कर रहे हैं, आपको नहीं देगा, अपने सोच से आपको कहां के आप कहा काम कर ले तो जब आप कर लेंगे उसी में तो तो उसकी सोच थी आपकी सोच तो नहीं थी इसी वजह से आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं तो वही लोग जो आस रहते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है हमारे लिए उनको सुनना चाहिए उनके हाथ जाना चाहिए और वही लोग जो के बहुत काबिल होंगे उनके पास बहुत कुछ होगा लेकिन आपको पहचाना नहीं कर लेना चाहिए हमेशा उन लोगों की कदर करें जो कि बात की डेप को समझ लेते हैं जरूरी नहीं किसी बड़े इंसान ने बात कर ली तो वो ठीक है बाज़ात बहुत जाहिर बंदा भी ऐसी बात कर लेता है जिसमें हमारे लिए फ़ायदे की बहुत कुछ होता है थैंक यू